भाई प्रीपीएड पे उन, ब्लू जोन चलो यहाँ पे उतरते हैं आज तो भाई गंदा किल करेंगे एटलीस्ट हमारा 10-12 किल तो इस मैच पे इजीली हो ही जाएगा और थोड़ा से यहाँ पे ब्लू जोन भी है ये कैमेट टू भी उठाएंगे अरे उतरते ही दो चार बंदी को इजीली मार देंगे हमारे साथ दो बंदा आ रहा है इसके ऊपर से हम गन उठा लेते हैं हाँ इजिली मार देंगे भाई टेंसन लेने का नहीं आपुन है आप सस्ता यूट्यूबर वो ही सामने बंदे से रन मिल गया